आम अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो मोहब्बत की शादियाँ कही जाती हैं वो ज़्यादातर नाकाम होती हैं और तलाक तक नौबत पहुँचती है। उसका सबब क्या कि कच्ची उम्र के बच्चे अपने जज्बात से फैसला करते हैं और उनकी नज़र के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ देखने की होती है जिससे वो फैसला करते हैं लेकिन कोहना मश्क और गरम सर्द चशीदा वालदे इस बात को जानते हैं कि हमारी औलाद की तरजीहात क्या हैं और जो है वो इस दवाजी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत गुजरती है इसलिए वो जो फैसले करते हैं वो फैसले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं कभी ऐसा होता है कि औलादों को अल्लाह ताली फेहम फराश और अक्ल खरत की फ़रावानिया नसीब कर देता है और वालदे वाक़ता फम और समझ में उस मुकाम पर नहीं होते तो सदतमंद औद उस वक्त भी अपने वाले को शामिल करते और उनके फैसले अच्छे भी होते हैं लेकिन अमूमी तौर पर होता है कि चाहे वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी गए हों वाल लेकिन उनके तजुबात अमलन जो हैं, वो है वो ज्यादा होते हैं इसीलिए फरमाया गया सैद आयशी तरबी रिवाहत बगैर इसने वली फनिका हुआ बातिल फनिका हुआ बातिल फनिका हुआ बा तीन मरतों का फरमाया जो खातून अपने वली की इजाजत के बगैर निका करती उसका है उसका निकाह बा है उसका निकाह बा है उसका निकाह बा है तो अमूमी तौर तो पर वो निका जो है वो नाकाम हो जाते हैं इसलिए कि वकती जज्बात से वो रिश्ते जुड़ते हैं और वो एक खास उम्र तक वो जज्बात होते हैं लेकिन उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं माँ बाप को पूरी तरजीहत और पूरी जिंदगी के सारे नशीबो फराज कहते हैं सोच समझ के कोई चीज़ जो है वो तय करते हैं उसमें बास ऐसा भी होता है कि वालदे बच्चों की तरजीहत देखे बगैर अपनी ख्वाहिश को मुकदम कर देते हैं तो ये चीज़ भी तनाव का सबब और तलाक की नौबत तक पहुँचा देती है यदि बास माँ बाप को जिद्द होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ही अपने बच्चे का निकाह करना है और वो बेटी जो है उसका मिजाज नहीं जुड़ रहा होता तो ये ख्वाहिश अच्छी है लेकिन अगर उनकी जिंदगी तल्ख होगी तो अपनी ख्वाहिश को औलाद के लिए कुर्बान करना होगा बहरहाल जो भी जराए हैं तलाक के जो भी इसबाब हैं महरिकात हैं नतीजा अगर तलाक तक पहुंच जाए मर्द को फिर भी उसकी मर्दानगी रोक रही होती है औरत बिला और झिझक जब वो जज्बात में आती है तो वो तलाक मांगने में देर नहीं करती और बहुत सारी तलाक जो जज्बाती माहौल में होती हैं उसमें कसूर खातून का होता है कि वो तलाक मांगती है तो औरत को कभी भी तलाक नहीं मांगनी चाहिए हाँ अगर वाक़ता उसका इसतक बनता है वहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, तो वो अदालत में रजू करके खुला ले सकती है लेकिन ये औरतें जो डट जाती हैं कि थी, थी थी मुझे भी फ़ारक करो मैं एक लम्हा इसक नहीं रहना चाहती ये घर मेरे लिए जहन्नुम में और ये उसकी बहनों के सामने उसके भाइयों के सामने उसके खानदान वालों के सामने उसको यूं ललका दी होती है तो फिर वो तलाक दे देता है और बाज वजह नहीं होती कि वक्त ही तनाव होता है तो आज़ते इमाम अबू दाबूद ने हुजूर का ये फरमान लिखा है कि आका करीब ने फरमाया कि जो खातून बगैर उजर के अपने शोहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी और जन्नत की खुशबू पाँच साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी तो जो बग़ैर उजर के अपने शोहर से तलाक मांगती है तो ये बात जहन में रखिएगा कि औरत भी चाहती कि यह उसके वक्ती जज्बात होते हैं वो यही चाहती है कि मैं सुरख जोड़े में इस घर में आई हूँ तो सफेद कफन में वापस लौटू उस घर में औरत की आर्जू होती है कि मेरा शोहर जो है वो मुझको जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो लाहत में उतारे मेरे हजूर सल्ला वम नेत के इस जज्बात का लिहाज करते हुए एक दिन सईद आशा से कहा याशा अगर तू इंतकाल कर जाए मैं तुझे खुद कफन दूर खुद लाह में उतारनाजा तो तो पड़े और खुद, मुझे कफन दे और खुद मुझे लाहद में उतारे तो घर टूटने से बचे और मियाँ बेबी का जिसता ये दुनिया में रिश्ता है तो ये रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा और जब खातून जन्नत में जाएगी तो ये जो है वो उन उनों की जो मर्द को जन्नत में अतार की जाएंगी ये उनकी सजदार होगी और इसका हुसनो जमाल उनसे फरावा होगा